हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप अपने इंस्टाग्राम पोस्ट को कैसे प्रमोट कर सकते हो तो इंस्टाग्राम पोस्ट को कैसे प्रमोट कर सकते हो साथ साथ में आप अपने जो इंस्टाग्राम का आपके पास अकाउंट है उसको कैसे प्रमोट कर सकते हो तो फ्रेंड इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊँगा कि आप अपनी वीडियो को अपने पोस्ट को अपने जो भी आपके पास आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको कैसे प्रमोट कर सकते हो तो बने रहे वीडियो में लास्ट तक और वीडियो में पूरे आप अच्छे से तरीके से जानोगे तो चलिए शुरू करते हैं सो फ्रेंड इंस्टाग्राम पोस्ट प्रमोट करने के लिए सबसे पहले आपने जो भी आपका अगर आप अपना पोस्ट के साथ आपका जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है वो भी प्रमोशन में चले जाता है तो सबसे फ्रेंड पहले आपने ये करना है कि जो आपका अकाउंट है वो आपका प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए प्रोफेशनल मींस पब्लिक अकाउंट होना चाहिए तभी जाके आपके इंस्टाग्राम पोस्ट पे प्रमोशन होगी तो आप ने यहाँ से थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से सेटिंग में और अकाउंट में जाने के बाद यहाँ से आपने स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट कर लेना तो मेरा पहले से प्रोफेशनल अकाउंट है तो आपको मैं थोड़ा सिंपल से बता देता था तो फिर से आपने बेक आ जाना है बेक आने के बाद फिर यहाँ से आपने अपनी प्रोफाइल में चले जाना है प्रोफाइल में जाने के बाद फ्रेंड जो भी आपने यहाँ से पोस्ट प्रमोट करनी होगी तो फ्रेंड जो भी आपने पोस्ट प्रमोट करनी है सबसे पहले आपने अपने प्रोफाइल में चले जाना है प्रोफाइल में जाने के बाद जो भी पोस्ट प्रमोट करनी होगी तो इस तरह आपके पास कुछ इस तरह इंटरफेस आता है हर एक के फ़ोन में तो फ्रेंड यहाँ पे आपके पास एक बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन दिया जा रहा है तो बूस्ट पोस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है फ्रेंड ये तभी आएगा जब आपका अकाउंट प्रोफेशनल अकाउंट होगा मींस के जो आपका अकाउंट होगा पब्लिक में होगा तो यहाँ पे बूस्ट पोस्ट पे क्लिक कर लेना है बूट पोस्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ नेक्स्ट इस तरह का इंटरफेस आ रहा है आपके पास तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आने के बाद फ्रेंड यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन दिए जा रहे हैं सिलेक्ट आ गोल कि आप अपने जो पोस्ट को आप या अपने अकाउंट को आप बूस्ट कर रहे हो तो उसमें आपका गोल क्या है गोल में क्या होगा कि मोर प्रोफाइल विजिट मोर वेबसाइट विजिट मोर मैसेज तो आप क्या चाहते हो वही उसी टाइप का आप गोल चूज़ कर सकते हो तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने अपनी प्रोफाइल में क्या दे रखा है अपने यूट्यूब चैनल की लिंक तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मोर प्रोफाइल विजिट तो आप जो भी चूज़ कर सकते हो जैसे आपने चूज़ करना होगा आप कर लेना तो इतना सब करने के बाद फ्रेंड आपने नेक्स्ट कर लेना है नेक्स्ट करने के बाद कुछ नेक्स्ट इंटरफेस आएगा नेक्स्ट इंटरफेस आने के बाद फ्रेंड यहाँ पे आपके पास कुछ बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं तो फ्रेंड यहाँ पे आपने बहुत सारा ध्यान देना है बहुत अच्छे से जो ऑटोमेटिक है इस पे आपने बिल्कुल भी क्लिक कर करना है आपने क्रिएट योर ओन पे क्लिक कर लेना है ध्यान रखिए क्रिएट यूर ओन पर क्लिक कर लेना है क्रिएट यूर ओन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा थोड़ा न से आपने अपने जो ऑडियंस नेम उसका आपने नाम देना है उसके बाद लोकेशन और इंटरेस्ट चलो यहाँ पर मैं ऑडियंस नेम नाम दे देता हूँ तो फ्रेंड यहाँ पे आपके पास ऑडियंस नेम आ रहा है तो ऑडियंस नेम आपके पास इस पर क्लिक कर लेना है इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ से आपने अपने ऑडियंस चूज कर लेने के आप कहाँ से ऑडियंस को आपने जो एस्टीमेट जो भी आपके पास लीव जाएँगे जो भी आपके प्रोफाइल विजिट होंगे आपको वहाँ कहाँ से एस्टिमेट्स आपने व्यूज और ओडियंस से लेना चाहते हो फ्रेंड यहाँ पे आप मैं आपको सजेस्ट करूँगा अपने स्टेट का नाम या आपने जो भी कौट्री का नाम है तो आप यहाँ पे दे सकते हो चलिए मैं यहाँ पे इंडिया का नाम दे देता हूँ आप अपनी कंट्री या अपने स्टेट का नाम भी दे सकते हो तो सब देने के बाद फ्रेंड यहाँ से आपके पास लोकेशन दे देनी लोकेशन में आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टेट अपनी स्टेट के साथ और अपनी स्टेट जो भी आपका रीजन है उसके रीजन को आप दे सकते हो जो भी आपका नज़दीकी रीजन है उसको देने के बाद कोई भी आप देख सकते हो तो यहाँ से आपने टिक कर लेना टिक करने के बाद यहाँ पे इंटरेस्ट इंटरेस्टेड में आपने देख लेना है कि आप किस पर ज़्यादा इंटरेस्टेड करना चाहते हो इंटरेस्टेड में मैं ज़्यादा से ज़्यादा करूँगा मैं ज़्यादा करूँगा स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स में एक मेन चीज़ ही आ गई स्टूडेंट्स के बाद में दूसरा यूट्यूबर जो भी यूट्यूब वाले लोग होंगे उनको मैं ज़्यादा सुजेस्ट करूँगा उसके बाद यहाँ पे आप फेसबुक भी लिख सकते हो इंस्टाग्राम जो भी आपको अच्छा लगेगा जिस पर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड करते हो तो यहाँ से आपने टिक कर लेना और उसके बाद यहाँ से आप एज एड जेंडर पे क्लिक करोगे एज एंड जेंडर पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपने एज एड जेंडर चूज़ कर लेना कि कौन सी एज एंड जेंडर में आप अपने जो आपकी प्रमोशन करना चाहते हो तो यहाँ से आपके पास एटीन टू फिफ्ट सिक्सटी फाइव भी आए से मैं एटीन टू फोर्टी तक कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छा लगेगा वो आप कर सकते हो तो यहाँ से आपने इतना सब करने के बाद यहाँ से आप मेल एंड फीमेल जो भी अगर आप मेल चाहते हो फीमेल आप कुछ भी रख सकते हो से अब में टिक कर लेता हूँ तो फ्रेंड इतना सब करने के बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट कर लेना है नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया जा रहा है जो यहाँ पे आपको आपके कास्ट कितने लग सकते हैं आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा तो फ्रेंड यहाँ से आपकी ड्यूरेशन सिक्स डे में आपको दो सौ पर डे दे आपको डेली करने पड़ते हैं तो वो आपका पूरा टोटल स्पेंड हो जाता है बारह इन सिक्स डे में फ्रेंड यहाँ पर मैं एक दिन की इंस्टाग्राम एड कैंपेन चलाना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं बजट एटी कर लेता हूँ एटी करने के बाद यहाँ से मैं टू डे का करना चाहता हूँ तो टू तो डे में मैं आपको वन सिक्सटी रुपीज़ पे करने पड़ेंगे इतना सब करने के बाद फ्रेंड यहाँ से अपने बजट सेट करने के बाद और ड्यूरेशन सेट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा तो फ्रेंड यहाँ से आपके पास कुछ भी इस तरह का इंट्रफेस आ रहा तो फ्रेंड यहाँ पे आपके पास एक पेमेंट का ऑप्शन दिया जा रहा है पेमेंट पर पे क्लिक कर लेना है पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने जो भी आपका पेमेंट मेथड होगा वो आपको यहाँ से चूज कर लेना पेमेंट मेथड आपने उसको डेबिट कार्ड से कर सकते हो यूपीआई से कर सकती हो या पे या नैट बैंकिंग से पहले आपने यहाँ से अपना अमाउंट चूज कर लेना तो यहाँ पे 160 था तो मैं 180 कर लेता हूँ हो सके इसमें टैक्स काटने का कुछ जी लगने का कुछ ज़्यादा अनुमान हो सकता है तो यहाँ से मैं यू सेलेक्ट कर लेता हूँ और एड फंड क्लिक कर लेता हूँ एड्स फंड पे क्लिक करने के बाद कुछ नेक्स्ट तरह का इंटरफेस आएगा थोड़ा सा वेट कीजिएगा जैसे ही ओपन होता है इतना सब करने के बाद यहाँ से आपके पास यू के एक ऑप्शन लिए जा रहा है, तो यहाँ से आपने क्रोम ब्राउज़र पर चूज़ कर लेना है तो इतना सब करने के बाद यहाँ से आपके पास जो भी आपकी यू पी है तो यहाँ से आपने यू पी को यहाँ पे पुट कर लेना यू पी पे पुट करने के बाद जैसे कोई भी आपकी यू पी होगी यू पी पे पुट करने के बाद यहाँ से आपने वेरीफाई कर लेना वेरीफाई करने के बाद जो होगा आपका पेमेंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो पेमेंट ऐड होने के बाद फ्रेंड कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा कि जैसे आपकी पेमेंट ऐड होगी तो आपको रिडायरेक्ट इंस्टाग्राम की लिंक पर किया जाएगा तो वहाँ से आपका जो आपकी पेमेंट जो होगी वो आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी तो पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद जो होगा आपकी पोस्ट बूस्ट भी लग जाएगी तो आपको विद इन टू डेज में आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आपकी पोस्ट को कितनी से कितनी रीच मिल सकती तो फिर यहाँ से मैं आपके वेरीफाई कर लेता हूँ तो वेली देखा जाए तो मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम कोई भी पोस्ट बूस्ट नहीं करनी है तो मैं आपको एक एग्जांपल पे बता लेता हूँ तो यहाँ से मैं अपनी ईमेल सॉरी जो भी मेरी यूपीआई पी आई होगी वो वेरीफाई कर लेता हूँ तो यहाँ से मैं देखा जाता हूँ तो फ्रेंड जब भी आप पेमेंट डन करने के बाद जो आप हो आपकी होगी आपकी इंस्टाग्राम ऐड कैम्पियंस रन होने लग जाती है स्टार्ट हो जाती है जितना भी आपने ड्यूरेशन दी दी होगी और इतना पेमेंट किया होगा फ्रेंड जब आपकी ऐड जो होती है रन होने लग जाती है जो आपकी बूस्ट पोस्ट होने लग जाती है तो आप उसको देख कर सकते हो तो फ्रेंड आपने सीधा अपनी प्रोफाइल पर आ जाना है प्रोफाइल पर आने के बाद यहाँ पे एड टूस पर क्लिक कर लेना है एड्स टूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास यू हैव नो एड्स जो इसका ये बता रहा है कि अभी मैंने कोई भी पोस्ट बूस्ट नहीं किए मैंने कोई भी एड्स नहीं लगाई है तो अगर आपने जो भी लगाई होगी तो यहाँ से आप उसको यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप उसको मैनेज कर सकते हो कि किस तरीके से आप अपनी आपकी एड्स जो आपकी बूस्ट पोस्ट है वो किस तरह से रन कर रही है किस तरह से मतलब जी किस तरह से आपके पास प्रोफाइल विजिट आ रहे है किस तरह से व्यूज आ रहे हैं तो इस तरह सिंपल वे से आप अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट को पोस्ट कर सकते हो तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक जाएंगे